हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मोकिंग ऑफ कोल्ड गाइस आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पाइथन की सॉफ्टवेयर को डाउनलोड तथा इंस्टॉल कैसे करते हैं तथा इंस्टॉल करने के बाद हम उसको यूज कैसे करते हैं तो गाइस हमें अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नहीं हो तो गाइज चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चलिए देखते हैं भाई सबसे पहले पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए हमें अपने पीसी में कोई भी वेब ब्राउजर को ओपन कर लेना है जैसे मैंने क्रोम को ओपन कर लिया है क्रोम को ओपन करके हम उसे सर्च बार में हम लिखेंगे आई एन एस टी ए l इंस्टॉल पाइथन पी आई टी एच ओ एन पाइथन उसके बाद हमें इंटरप्रेस कर देना है इंटरप्रेस करने के बाद हमें पायथन की ऑफिशियल साइट ऊपर ही डब्ल्यू डॉट पाइथन मिल जाएगी जिसपे हमें क्लिक करना है क्लिक करते ही हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं उसके लिए कर सकते हैं जैसे हमें विंडो के लिए करना है तो हमें ऊपर ही दिख रहा है डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन और विंडो हमें मतलब विंडो के लिए ये जो वर्जन थ्री दिख रहा है हमें इसको डाउनलोड कर लेना है गाइस आप इस पे डाउनलोड कर डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे फिर तो क्लिक करते ही डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा गाइस मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड कर रखा है तो चलिए देखते हैं गाइस देखिए मैंने यहाँ पे पहले से ही पाइथन थ्री पॉइंट वन वन को डाउनलोड कर रखा है गाइस चलिए अब इसको हम देखते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं इंस्टॉल करने के लिए हम इस पर सबसे पहले इसको क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा इसमें हम उसके बाद से रन पर क्लिक करेंगे रन पर क्लिक करते ही कुछ हमें इस प्रकार का दिखेगा इस पे इस पे इस प्रकार का जब दिखेगा तो हम यह इंस्टॉल नाव पर भी क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन नहीं हम कस्टम इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे कस्टम इंस्टॉलेशन पर क्लिक करने से पहले हम एड पार्ट पाइथन exe टू पार्ट पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद से हम कस्टम इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे और ये देख लेंगे कि ये सारे चेक हैं या नहीं अगर नहीं तो उस हम चेक कर लेंगे उसके बाद से हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद से हम इंस्टॉल पाइथन फॉर आर यूजर इस पर हम क्लिक कर लेंगे उसके बाद से गाइज हमें जहाँ भी अपने पाइथन को इंस्टॉल करना है हम उस पर क्लिक कर लेंगे तो गाइज हमें इसी इसी इसी, इसी लोकेशन पर रहना है तो सही है भाई मेरे को तो लोकेशन चेंज करना है तो मैं यहाँ आ जाऊँगा अपने डिस पी सी में डिस पी में आकर हमें डॉक्यूमेंट्स में रखना है उसके बाद से मैं ओके कर लूँगा हम इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल पर क्लिक करते कुछ इस लेंगे उसके बाद हम, हम, हम, तो हम यहाँ स्क्रॉल करके सर्च कर लेंगे पाइथन जैसे देखिए गाइज हमारे पाइथन यहाँ मिल गया उसके बाद से ये पाइथन के सबसे ऊपर ही आईडी डी, आई डी पे क्लिक कर लेंगे गाइज आईडी पे क्लिक करते ही हमें देखिए इस प्रकार का कुछ इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा गाइज पाइथन की कोड को हम इसी में लिखेंगे गाइज इसमें इसमें हम पाइथन की कोड को लिखेंगे जो हम आपको आगे बताऊंगा इसके अलावा गाइज हम इसके अलावा और भी हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे जिसमें हम पाइथन के कोड को लिख सकते हैं और रन, रन कर सकते हैं गाइज हम इसके अलावा नोटपेड का यूज कर सकते हैं वीएस कोड का यूज कर सकते हैं पाईचाम का यूज कर सकते हैं और एक ऑनलाइन आईडी का भी यूज कर सकते हैं इसके बाद चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना